तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए दोस्तों मैं आशा करता यार आप सब लोग और अच्छे हो गए पिछले कुछ और वीडियोस से क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस से आशा करता हूं आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा लूटा होगा क्योंकि दोस्तों जो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था विनजो ऐप के ऊपर शेयर बाजार एप्लीकेशन के ऊपर फायदा एप्लीकेशन के ऊपर सभी एप्लीकेशन दोस्तों आप लोगों को इंस्टेंट पेमेंट और हंड्रेड आप लोगों को आप सभी लोगों को जो है पेमेंट जो है दोस्तों दे दिया है दोस्तों ठीक है जिन लोगों ने भी दोस्तों ट्रिक अप्लाई किया था सभी को पेमेंट मिला है और जैसा मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था सभी सभी को जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा अर्निंग हुआ है तो दोस्तों जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है दोस्तों वीडियो अभी भी हमारे चैनल पे है आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हो और अभी तक ट्रिक वर्किंग है आप लोग ट्रिक को अप्लाई करके उन सब एप्लीकेशन से जो भी है लूट सकते हो ठीक है और दोस्तों अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैश को एप्लीकेशन का ट्रिक जिससे दोस्तों आप लोग पर जी अकाउंट से दस दस रुपीज करके अनलिमिटेड टाइम अपने एक ही पेटीएम अकाउंट से जो है लूट सकते हो तो दोस्तों कैसे लूटोगे किस तरीके से लूटोगे और अपने पेटीएम अकाउंट से आप लोग किस तरीके से जो है पेमेंट लोगे सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा तो बस यार इस वीडियो में बने रहो और आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है यार मेरा कि आप लोग वीडियो को जो है फुल वॉच करो फुल वॉच करो उसके बाद जाकर ट्रिक को अप्लाई करो और देखो दोस्तों आप लोगों के पेटीएम में पैसा आता है या फिर नहीं ठीक है और दोस्तों बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद ट्रिक को अप्लाई करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को मस्ट टू मस्ट यार ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करोगे तो दोस्तों इस ट्रिक से रिलेटेड अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन के अंदर तो दोस्तों अगर मैं आप अप, अपडेट आप लोगों को करूँगा तो अपडेट मैं आप लोगों टेली तो टेली को टेलीग्राम चैनल के अंदर करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं करोगे तो यार मैं आप लोग को अपडेट नहीं कर पाऊँगा और आप लोगों को जो है लॉस हो जाएगा ठीक है अब देखो दोस्तों अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा अगर अपडेट नहीं रहोगे तो यार आपको जो है लूटने में मज़ा नहीं आएगा तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को Must to must join कर लेना और उसके बाद जो है आप loot को को करना करना ठीक है है तो अभी फटाफट से loot को कैसे करना है? चलो देख लेते हैं दोस्तों है। जिसका भी लिंक मैंने आप लोगों को इसी के description पे दे दिया है आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लेना दोस्तों ठीक दोस्तो, है अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दस रुपए को दोस्तों बिल्कुल ही इंस्टेंट आपके पेटीएम अकाउंट पे पेमेंट दे रही है और दोस्तों इस अकाउंट में साइन अप करने के की कर जरूरत नहीं है उसको बस आपके रेफर लिंक के थ्रू साइनअप करना है और आपको जो है मिल जाएंगे उसके ठीक है उसका वैल्यू होता है देखो मैंने यहां पर रेफर के थ्रू जो है सारे अर्न कर लिया है यानी दोस्तों, या दोस्तों, दोस्तों सत्तावन रुपए को वो बता देता हूँ विदड्रॉ लिया है आज सुबह दस बजे दस बजे तो कैसे मैंने लिया है और पेमेंट मुझे मिला है यहां पे नहीं चलो वो मैं प्रूफ आप लोगों को फटाफट से जो है दिखा देता हूं तो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो दे रहा है दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो मैं यहां पर वॉलेट वाले, वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ एंड दोस्तों यहां पर मैं ट्रांजैक्शन पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो यहां पर मेरा जो है दस रुपए का पेटीएम क्लेम बता रहा है यानी दोस्तों मैंने पेटीएम पर जो है दस रुपए का विद्रॉल लिया है ठीक है अभी दोस्तों मैं पेटीएम पर चला जाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूं मेरा दस का ये जो विद्रॉल है वो आया है या फिर नहीं ठीक है तो चलो मैं यहाँ पर अपने पेटीएम पर आ जाता हूँ पेटीएम पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं पेटीएम वॉलेट पर आ जाता हूँ देखो दो मेरे पेटीएम वॉलेट पर है अभी मैं यहां पर देखो दस मिनट पर मुझे यहां पर जो है दस रुपए रिसीव, रिसीव हो चुका है मिंट पे की तरफ से दोस्तों का नाम है जिससे अभी मैं तीन बजे वीडियो को बना रहा हूँ और अभी आपको ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है और रेफर लिंक कैसे आपको निकालना है वो तो आपको पता ही है बस आपको यहाँ पर इन्वाइट नाव पे क्लिक करना है और आपका जो है रेफर लिंक निकल जाएगा दोस्तों ठीक है अब आपको यहाँ पर रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है बस आपको यहां पर थ्री फ्री ऑफर्स बताने वाला हूँ फ्री में आपको थ्री ऑफर्स कंप्लीट करना है और आपका दस रुपए हर जीमेल ले सकते हो लूटना है नेफर से लूटना है रेफर का भी पैसा आप जो है रेफर को रूस करके इकट्ठा कर सकते हो उसको भी आप विद्रॉ कर लेना दस दस रुपए जो है ठीक है लेकिन दोस्तों आप जो है एक ही दिन में दस दस करके अनलिमिटेड टाइम लूट सकते हो अकाउंट से क्योंकि एक से आप चलो फटाफट से देख लेते हैं ये तो मेरा ओल्ड अकाउंट जिससे मैंने आज विद्रॉल कर लिया है तो दोस्तों में ओपन करके आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे आप लोगों को न्यू अकाउंट के अंदर करना है तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो मैं न्यू अकाउंट के अंदर आ चुका हूं कैश कॉइन एप्लीकेशन में अभी दोस्तों देखो न्यू अकाउंट के अंदर मुझे साइन अप करते ही कितना मिल गया है दोस्तों सौ कॉइन जिसका वैल्यू होता है दोस्तों, 1 अभी दोस्तों देखो, मुझे यहाँ पर नाइन रुपीज चाहिए जब तब मैं दोस्तों यहाँ से दस को विड्रॉल कर सकता हूँ पेटीएम पर ठीक है अभी दोस्तों नौ रुपए कैसे क्रिएट करना है यहाँ पर फ्री में क्रिएट कर सकते हो दोस्तों एकदम फ्री में कोई भी नंबर नहीं चाहिए कोई ओटीपी नहीं करना है कुछ नहीं करना है चलो फटाफट से बता देते हैं कैसे करना है चलो ट्रिक को जानने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों बहुत कुछ मिस कर जाओगे लाइक कर दो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो यार बस और आपको कुछ करना नहीं है आप छोड़ सकते हो अभी कुछ नहीं करना आपको छोड़ दो यार और अगर आपको कुछ करना है तो अभी कभी यार सब्सक्राइब करो टेलीग्राम को ज्वाइन करो फिर देखो यार कितना अर्निंग आप कर सकते हो ठीक है अभी दोस्तों मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो दे रहा है थोड़ा सा आप वेट करो तो दोस्तों देखो अभी मैं आप लोग को बता बताने वाला हूं कौन से तीन ऑफर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में जिसको कंप्लीट करने के लिए आप को कोई भी मोबाइल नंबर कुछ की जरूरत नहीं है देखो दोस्तों सबसे पहला ऑफर तो हो गया दोस्तों ड्रीम इलेवन ऑफर जिसको कंप्लीट करना तो शायद बहुत लोग जानते भी हो कैसे कंप्लीट करना है उसको फ्री में ठीक है और दोस्तों उसके बाद हो गया दोस्तों आप लोग कोई भीट कर सकते हो थ्री ऑफर्स ठीक है कोई भी थ्री ऑफर्स आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आपको फर्स्ट विने के लिए बेसिकली आपको थ्री ऑफर कंप्लीट यू ही करना है तभी का जो फर्स्ट फर्स्टल लगेगा ये एप्लीकेशन का टर्म्स एंड कंडीशन भी है दोस्तों ठीक है अभी देखो आप कोई भी ऑफर कंप्लीट कर सकते हो जो जो आपके मोबाइल पे नहीं हुआ है वो भी कर सकते हो और जो आप जो मर्जी आप कर सकते हो क्योंकि मोबाइल नंबर यूज नहीं करना चाहते हो तब यह ट्रिक आपको कैसे करना है जस्ट आपको उसके नौकरी या तो या तो क्रेडिट बी वन एक्स बेट या तो स्पोर्ट्सा क्लीन ये करने के लिए बस आपको ईमेल चाहिए दोस्तों गाइज आप ये कर सकते हो इंस्टा क्लीन ये हो गया थर्ड बता रहा हूँ जिसका आपको ओ चाहिए वो भी ईमेल पर और बाकी दो आपका फ्री में होगा कोई ओटीपी नहीं चाहिए वो है दोस्तों ड्रीम और यो व्हाट्सएप यो व्हाट्सएप पर आपको बस एक ही व्हाट्सएप नंबर चाहिए और ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन के लिए आपको कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए नंबर या तो ई मेल क्योंकि बस यहाँ पर आपको कोई भी फेक नंबर एंटर करना है और आपको ओटीपी गलत डालना है तो कैसे करना है चलो फटाफट दिखा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो होगा अच्छे से देखना ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर मेरे अकाउंट में जो है सौ कॉइन है ठीक है अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव यहाँ पर थाउजेंड कॉइन का अर्निंग करके दिखाने वाला हूँ करते ही दोस्तों ड्रीम इलेवन को डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा तो दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन को डाउनलोड पर लगा देना है ठीक है डाउनलोड पर आपको लगा देना है अगर आपके फोन में ड्रीम इलेवन के एपी फाइल नहीं है तो आपको डाउनलोड को ट करना है और दोस्तों अगर आपके फोन में ड्रीम इलेवन का एपी का फाइल है तो आपको डाउनलोड कंप्लीट नहीं करना है आपको आइसलैंड के अंदर ड्रीम इलेवन को एड कर लेना है ठीक है तो जैसे कि आपको एड करना आता होगा अगर नहीं आता है फटाफट से मैं आपको अभी दिखा दूंगा ठीक है तो अभी दोस्तों देखो मेरा लिंक लोड ले रहा है तो दोस्तों देखो लिंक लोड लेने के बाद आपके सामने ऐसे ड्रीम इलेवन का ऑफर पेज आ जाएगा आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है फिर डाउनलोड एनी बॉय पर क्लिक करके डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको डाउनलोड को नहीं होने देना है ठीक है फिर आपको क्या करना है आपको इसको कट करना है फिर आपको आइसलैंड में आ जाना है मेन लैंड पे आके आपको सर्च बार पे आ जाना है फिर आपको यहाँ पर जो है ड्रीम सर्च करना है और आपको ड्रीम को जो है यहाँ पर एड कर लेना है दोस्तों ठीक है आइसलैंड पे क्लिक करके आपको जो है एड यहाँ पर कर लेना है दोस्तों ड्रीम को ठीक है यहाँ पर आपको ड्रीम को एड करना है एड करने के दोस्तों आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन ऑफर सामने अच्छे से देखो जो भी परमिशन मांगेगा आप लोग सिंपल अलाउ करना कोई होगा दोस्तों ठीक है तो अभी आप लोगों को रजिस्टर पे क्लिक करना है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को मोबाइल नंबर मांगेगा तो आप लोग कोई भी जो है दोस्तों आप लोग फेक मोबाइल नंबर यहां पर डाल सकते हो तो दोस्तों आप लोग कोई भी यहां पर फेक मोबाइल नंबर डाल दो टेन डिजिट का टेन डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों पर एलओ एलओ पे क्लिक करो एलओ एलओ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर ओटीपी डालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को जो है दोस्तों ओटीपी अभी फिलअप नहीं करना है ओटीपी चला जाएगा लेकिन आपको ओटीपी फिलअप अभी नहीं करना है दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है जैसे ही दोस्तों यहां पर फाइव सेकेंड 2 सेकेंड आपका लेफ्ट रहेगा तब आप कोई, कोई भी रॉन्ग ओटीपी से एंटर कर देना है तो चलो हम यहां पर 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो यहां पर हमारा थ्री सेकंड लेफ्ट है टू सेकंड लेफ्ट है ठीक है अभी हम यहाँ पर कोई भी जो है एक रॉन्ग ओटीपी को एंटर कर देंगे एंड दोस्तों पर हमारा बता देगा योर ओटीपीट वैलिड ठीक है अभी आपको जो है एक बार ओटीपी को रिसेंट कर देना है और बस रिसेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको यहां पर थर्टी सेकंड तक इस पेज पे जो है वेट करना है थर्टी सेकेंड तक इस पेज पर पे वेट करने के बाद बस आपका ऑफर जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन में जैसे ही आप बैग जाओगे आपका ड्रीम इलेवन ऑफर कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ वेट करने के बाद मैं एप्लीकेशन में जाके आप लोगों को दिखा दूंगा ऑफर मेरा कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देखो अभी मैंने ऑफर को तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन दोस्तों अभी तक मेरा जो है ऑफर काउंट नहीं हुआ है दोस्तों अभी मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों देखो मेरा अभी तक एक भी ऑफर जो है काउंट नहीं हुआ है ठीक है लेकिन दोस्तों मैं हंड्रेड एंड टेन परसेंट आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को ऑफर हंड्रेड काउंट होगा अभी मेरा किस लिए नहीं हुआ है अभी तक नहीं किस लिए हुआ है ये मुझे पता नहीं है लेकिन काउंट मेरा हो जाएगा दोस्तों मुझे बस थोड़ा सा जो है ट्राई करना है और पक्का मेरा हो जाएगा और आपको भी मैं गारंटी देता हूँ आपका भी ऑफर ऐसे ही काउंट होगा आपको न्यू साइन अप नहीं करना है आपको जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया बस आपको वैसे ही करना है और आपका जो अकाउंट हो जाएगा। चलो तब तक हम नेक्स्ट कट कर देना है कट करने के बाद दोस्तों आपको आइसलैंड में फिर से वही एप्लीकेशन फोन में जो रहेगा मेल लैंड तो so, चलो मैं पर यो यो व्हाट्सएप व्हाट्सएप को जो है सर्च कर लेता ओपन करके, करके, करके बस उसके अंदर मुझे कोई भी एक व्हाट्सएप को जो है लॉग कर लेना है और मेरा यो व्हाट्सएप ऑफर भी जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा तो चलो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो दोस्तों देखो अभी मैंने यो व्हाट्सएप के अंदर भी जो है एक अकाउंट को बस व्हाट्सएप की तरह ही लॉग कर लिया है अभी मुझे इसके अंदर जस्ट थर्टी सेकेंड यहाँ पर भी जो है दोस्तों वेट करना है थर्टी से एक मिनट तक आप लोग वेट कर सकते हो उसके बाद आपको कैश एप्लीकेशन के अंदर बैक चले जाना है और आपका ऑफर काउंट हो जाएगा दोस्तों तो चलो मैं यहाँ पर जो है दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ तो दोस्तों देखो अभी हम बैक करते हैं बैक करके देखते हैं हमारा ऑफर जो है काउंट हुआ है या फिर नहीं दोस्तों पर काउंट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा एट हंड्रेड कॉइन हो चुका है दोस्तों अभी दोस्तों बस हमें और टू कॉइन चाहिए और बस हम जो है दस रुपए कर सकते हैं तो दोस्तों कैसे करना पड़ेगा आप लोग तो दो ऑफर आप लोगों के सामने लाइव प्लीट करके दिखा दिया हूं बस एक ऑफर कंप्लीट करना है तो चलो फटाफट से उसको भी जो है हम लोग कंप्लीट यहां पर कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों दो ऑफर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो किएगा और एक मेल आईडी जो ईमेल तो हो उसी को एक ऑफर कंप्लीट करने के लिए तो कैसे करना है वो करना है इंस्टा क्लीन वाला ऑफर करना है तो इंस्टा क्लीन वाले क्लेम पे क्लिक करना है क्लेम पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपको वैसे ही दोस्तों प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट करेगा दोस्तों ठीक है है आपको आपको ध्यान रखना आइसलैंड के अंदर जीमेल ऐप को ऐड जो है इंस्टाक्लीन को इंस्टॉल करोगे सब कुछ आपका आइसलैंड में फिर नॉर्मली जो है ट्रैक हो जाएगा ठीक है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आइसलैंड बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है आप लोग उसको सीख जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों ठीक है ठीक है मैं वीडियो तो में, मैं में तो आपको से नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि तो जितना हो सकेगा बता रहा हूँ आप लोग खुद से समझोगे तभी हो पाएगा दोस्तों ठीक है अभी देखो इंस्टा क्लीन हम लोगों का डाउनलोड हो रहा है कैसे करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो दोस्तों देखो कैश क्वन एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप लोग इंस्टा क्लीन वाले ऑफर के ऊपर क्लेम वाले के ऊपर क्लिक करके जाओगे वैसे ही दोस्तों इंस्टा क्लीन को इंस्टॉल करके आप लोगों को दोस्तों ईमेल आईडी एंटर करना है ठीक है ईमेल आईडी एंटर करने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी के ऊपर आपको ओटीपी आएगा ओटीपी आने के बाद दोस्तों आपको उस ई मेल को टू स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू जो है वेरीफाई कराना पड़ेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन के मतलब दोस्तों आपको उस ई मेल के ऊपर मोबाइल नंबर को लिंक करना पड़ेगा तो दोस्तों जब आप एक मोबाइल के थ्रू दो तीन से ज्यादा जीमेल ID बनाओगे तब तो आपको वैसे भी हर जीमेल पे नहीं दिखाएगा आपका एक ही नंबर से दोस्तों ठीक है तो चलो फटाफट से एक ईमेल आई डी को हम यहाँ पर एंटर करते हैं और साइन अप को फटाफट से कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों देखो ईमेल मेल का ओ आपको वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर जो है वेरिफिकेशन uh, कंप्लीट करना पड़ेगा यहां पर मोबाइल नंबर का एक वेरिफिकेशन आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा उसको आपको यहां पर सेंड पर क्लिक करना है आपके मोबाइल नंबर पर एक जीमेल के थ्रू ओ जाएगा वो ओ आपको एंटर करना है और आपका इंस्टा क्लीन पर साइनअप डन हो जाएगा तो फटाफट से चलो कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर मैंने अपना ओटीपी को जो है फिलअप कर दिया है अभी दोस्तों देख सकते हो यहां पर मेरा जो है ये कंप्लीट हो चुका है होने के बाद दोस्तों यहाँ पर टर्न ऑन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका ये सब कुछ जो है डन हो जाएगा डन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाए बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका ये डन हो जाएगा आपको जेनरेट एंड एनबिल पर क्लिक करना है आपका साइन अपना डन हो जाएगा आपको थोड़ा सा इस एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद आपको थोड़ा सा थर्टी सेकेंड या तो वन मिनट तक आपको वेट है आपका जो है काउंट हो जाएगा और आप आप जो है अभी विद्रॉ करने वाले हो दोस्तों ठीक है तो अभी थोड़ा सा जो है हम वेट कर जाते हैं दोस्तों बस ये लास्ट ऑफर है इसको कंप्लीट करके ही हम लोग जो है दोस्तों विड्रॉ करने वाले हैं तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देखो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद आपको मोबाइल आपको अपना नेम आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको अपना आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको अपना नेम आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और आपको आपका जेंडर जो है सिलेक्ट कर देना है तो दोस्तों चलो मैं फटाफट से डाल देता हूँ डालने के बाद दोस्तों चलो मैं यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ नेक्स्ट करते ही दोस्तों क्या आता है चलो फटाफट से आप लोग को मैं बता देता हूँ तो दोस्तों देखो नेम डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आप लोग एंटर कर जाओगे एंटर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको ऑफर को काउंट करना है जैसे ही आपका ऑफर काउंट हो जाता है आपको जो है इस ऑफर को कम्प्लीट करने के लिए पांच रुपए मिल जाएगा और आप दस जो है विदड्रॉल कर सकते हो तो दोस्तों कैसे करना पड़ेगा चलो फटाफट से आप लोग को बता रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक का देखो विदड्रॉल आप लोगों को मैं करके दिखाने वाला हूँ अच्छे से देखो दोस्तों ठीक है तो अगर आपको वीडियो उंड क्वालिटी में थोड़ा सा भी कोई कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको लिए माफ करना दोस्तों मैं आप लोगों से माफी मांगता थोड़ा सा जो एडजस्ट कर लेना ठीक है अभी थोड़ा सा इस पे हम लोग जो है हम लोग जो है थर्टी सेकेंड वेट करेंगे उसके बाद हम लोग जो है ऑफर को जाके चेक करेंगे काउंट हो, हो, होता है या फिर नहीं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यार देखो यहाँ पर मेरा इंस्टा क्लीन वाला ऑफर भी जो है कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर मेरा तीनों ऑफर जो है कंप्लीट हो चुका है अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव विद्रॉल करके जो है दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा 500 वाला टास्क भी जो है यहाँ पर देखो इंस्टा क्लीन वाला कम्प्लीट हो चुका है तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर रिडीम पर क्लिक करता हूँ पेटीएम पर आ जाता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं अपने पेटीएम नंबर को चलो एंटर करता हूँ पेटीएम नंबर यहाँ पर मैं अपना फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर मैंने अपना पेटीएम नंबर को जो है फिलअप कर दिया है अभी मैं यहाँ पर अपना पेटीएम विदड्रॉल अमाउंट डालता हूँ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं विदड्रॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों देखते हैं मेरा विड्रॉल जो है यहाँ पर कितने टाइम में आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम वेट करते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहे तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे पेमेंट नंबर इज रजिस्टर्ड विथ अनदर अकाउंट दोस्तों यहाँ पर जो है हमें दूसरा कोई पेटीएम नंबर रजिस्टर करने के लिए बता रहे हैं तो दोस्तों चलो यहाँ पर हम दूसरा कोई पेटीएम नंबर को रजिस्टर करके देख लेते हैं